हेलो फ्रेंड कैसे हैं आयु आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं एक कंटेंट और लेकर के आया हूँ ये हमारे पास वीवो का एक फ़ोन है वीवो का Y90i मॉडल है जैसा कि मैं आपको यहां पे दिखा दूं ये प्रॉपर पूरा चालू है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो तो फ्रेंट इस फ़ोन में आज हम करने वाले हैं इसकी हम करने वाले हैं फ्लैशिंग। अगर आप एसपी फ्लैश टूल से आपका इरादा आ रहा है जी हाँ आप वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही इजी मेथड से ये हमारा फ्लैश हो जाएगा अगर आप फंस रहे हैं फ्लैसिंग में तो आपको जो हमारा मैथड है और हमारे चैनल्स और हमारे काफ़ी चैनल्स में वीडियो डले हुए हैं हमारे चैनल में आप उसको वॉच कर सकते हैं तो ये जो कंटेंट है फ्रेंड ये हमारा प्रॉपर फ़ोन चालू है कोई भी डैड नहीं है सारा कुछ ओके okay है वीवो का Y90i हम इसको लाइव फ्लैश करने वाले हैं हम इसको करने वाले अनलॉक टूल से फ्लैश करेंगे फ्रेंड तो आप अनलॉक टूल से जैसा इसकी फ्लैशिंग है आप यहाँ पे इसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से अनलॉक टूल से इसकी फ्लैसिंग क्योंकि अगर आपका एस पी फ्लैश टूल से हेरा आ रहा है अगर फ़ोन आपका डैड हो जा रहा है कई सारी चीज़ें फेस करने को देखने को मिलती हैं तो आप बिल्कुल फ्रेंड आप यहाँ पे आ, अनलॉक टूल से बहुत ही इजी तरीके से फ्लैश कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वीडियो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इसकी फ्लैश फाइल तो मैंने इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है आप देख सकते हैं इसकी फ्लैश फाइल है इसमें जो हमारी फाइल आएगी वो स्कैटर फाइल आएगी मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा देता हूं तो वीडियो को देर न करते हुए क्योंकि कर बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाते शॉर्ट वीडियो बनाते जिसमें आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से तो ये देख सकते हैं स्कैटर फाइल आई हुई है फ्रेंड तो हमने इसकी फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है अगर फोन है चालू फोन है बिल्कुल ही मैं तो हम इसे अनलॉक टूल से करने वाले तो इसे हम कर लेते हैं लॉकिंग तो गाइज़ वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इसके रिजल्ट को अनलॉक टूल अभी बेस्ट चल रहा है और इसके वीडियो के बारे में आपको चाहिए तो आप आई बटन में जाके आप हमारे चैनल में जा करके इस टूल के बारे में फुल डिटेल कैसे रजिस्टर्ड करना है कैसे आप इसे परचेस कर सकते हो सारी चीज़ डिटेल मैंने यहाँ पर डाली हुई वीडियो में तो और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए वीडियो को हमारे टूल खुल रहा है फ्रेंड तो इसके लिए हमें फाइल चाहिए और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी एम सी टूर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे कोई भी एम सी बाईपास टूर का यूज़ नहीं करना है बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी वे में हमारा ये अनलॉकिंग हो जाए तो वीडियो में ऐसे ही आप बने रहे तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इसे बूट कराना है कैसे हमें क्या करना है वो सारा स्टेप हम यहाँ पे आपके सामने ही दिखाएंगे तो हम फोन को यहाँ पे तब से बंद कर लेते हैं जब से हमारा टूल ओपन हो रहा है तो फोन को मैं यहाँ पे प्रॉपर कर लेता हूँ ऑफ़ तो देखते हैं कि फ़ोन हमारा डैड वैड होता है कि नहीं होता फ्रेंड तो ये हमारा जो वीडियो का कंसेप्ट है वीवो वाई आप इसे फ्लैश कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं फटाक से हमारा ये खुल जाएगा फ्रेंड यहाँ पे अभी हमारा अनलॉक टू बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है खोलने में और बहुत ही इजी तरीके से ओपन हो जाएगा ये देखिए हमारा अनलॉक टूल ओपन हो चुका है इंटरफेस जो कि डेली का अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल बहुत ही बेटर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि टूल में काफी सारा अपडेट देखने को मिल जाता है फ्रेंड आप ये टूल बहुत ही बेस्ट है तो चलिए अभी हम बात करते हैं आपको विवो में नहीं जाना है क्योंकि आप यहाँ से फ्लैसिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सी वाइज है तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा मीडाटेक तो हमें यहाँ पे मीडा टेक पे जाना पड़ेगा फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने आई थिंक एक मॉडल और एड कर दिया है यहाँ पे मेजूज। मेजूज तो था ही आई थिंक ये सारे एम आई सैमसंग हवाई सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो चलिए फिलहाल हमें यहाँ पे फ्लैश करना है तो अगर ये छोटा हो जाता है थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं ठीक है तो छोटा हो गया है थोड़ा सा तो चलिए हमें मीडिया पे जाना है मीडियाटेक में, में जाने के बाद हमें जाना है फ्लैश पे फ्लैश पे जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सर्वर का एक बटन दिखाई दे रहा है आपको सर्वर को टेक कर लेना है मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी बहुत ही वाइस के साथ आपको वीडियो में डालता हूँ तो पे मैं ब्रांड सेलेट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लिया विवो और यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा मॉडल है विवो नाइन अट्ठारह बीस पीडी एच मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है ये आपका डी को डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे हमने डी को डिटेक्ट कर दिया अब आप आपको चाहिए फाइल तो फाइल लेने के लिए हमारी फ़ाइल डेस्क पे रखी हुई है तो हम यहाँ पे फाइल हमारी फ़ाइल यहाँ पे डेस्क पे है ये देख सकते हैं इसके अंदर है ये हमारी वीवो नाइनटी वाइट वन जिसे नाइन्टी भी बोलते हैं और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं उसके बाद हम यहाँ पे इस को दे देते हैं इतना ही काम है अभी हमारी फाइल देखिए हो सका पूरी लोड हो चुकी है अब यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स हमें आ, फोन को यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑथ बाईपासको अलग से एनसी टूल चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है एनी मेडियट एक आप यहाँ से ऐसे ही फ्लैश कर सकते हो तो ये देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑथ बाइपास पे क्लिक कर दिया है अब आपको यहाँ पे कर देना है फ्लैश पे क्लिक अब आपको चाहिए एक टाटा केबल जो कि मैं से टाटा केवल देता हूँ ये है अब देखिए ओके ओके हमारा सब कुछ हो चुका है अब फोन को आपको फ्रेंड क्या करना है देखिए के लिए भी हो चुका है सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं अब हमें बिना भी कोई बूट की प्रेस की हुई हमें फोन को कनेक्ट करना है अगर एक बार कनेक्ट नहीं होता है तो वैल्यूम अपडाउन दबा के कनेक्ट करना है पहले आपको डायरेक्ट लगाना है नहीं होता है तब आपको वैल्यूम अपडाउन आप दबा करके कनेक्ट करना है तो मैं अभी फिलहाल कोई भी बूट की प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ है कॉम बना लिया है और देखते हैं कि कोई एरर या फिर क्या प्रॉब्लम आती है ब्राउन तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग का सिंबल आ गया मतलब नहीं आपको अब कैसे करना है वैलूम अप डाउन तो इसीलिए मैं सारे एरर्स और सारे सब कुछ आपके सामने ही बनाता हूँ क्योंकि जब हमारा ये ऑथ बाईपास होता है तो इसकी जो कनेक्टिविटी होती है ऑर्थ बाईपास का वो वैलूम अप डाउन ही होता है तो मैंने आपके सामने ही दिखाया एनी का मैं बता रहा हूँ ये तो आप चलिए वाई का मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ क्लोज़ हो गया फिर से स्टार्ट कर लेंगे सॉरी तो फ्रेंड ये हमारा जो कट गया था ऑटो कट तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मैंने फटाक से सब कुछ डाउनलोड करके कर, कर दिया अब हमने यहाँ पे आ, और बाईपास पे क्लिक कर देना है फिर से फ्लैश पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे हमें वैल्यूम डाउन दबाना है अगर ये फ्लैशिंग टाइम पे हो जाता तो हो सकता फोन डेड हो जाता तो मैं यहाँ पे वैल्यूम अपडाउन को प्रेस किया हुआ फ्रेंड और यहाँ पे फोन को कनेक्ट करता हूँ वैल्यूम अपडाउन हमने प्रेस किया हुआ है और फोन को हमने कनेक्ट किया सामने लाई पहले हमने डायरेक्ट किया था नहीं हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं डी सेंडिंग डी ओके हो चुका है मैं फोन को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ अभी हमारी फ्लैशिंग चालू हो गई फ्रेंड कोई भी एरर नहीं आया वन टाइम में आप एनी मीडा टेक भी ऐसे फ्लैश कर सकते हो क्योंकि आप ये ज़्यादातर बहुत सारे एरर आपको टूल में देखने को मिल जाएगा पर यहां पे अगर आपके पास प्रॉपर टूल है तो आपको एरर की कोई भी दिक्कत नहीं है तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं आप सामने लाइव कर रहा हूं फिर देखूंगा कि हमारा फोन चालू होता है कि नहीं होता है सारी चीजें तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो को कैसा लगता है और आपका ऐसा ही प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्द हम आपके लिए जितने हो सकते हैं उतने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मेमसी रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहेंगे तो लाइव यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग चल रही है फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम की फाइल अभी राइट हो रही है और देखते हैं कोई एरर नहीं आया मैंने दो तरीके से किया पहले वैल्यूम पहले मैंने डायरेक्ट लगाया नहीं हुआ फिर मैंने अपडाउन लगाया और हो गया तो ये सारी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो आपको कई सारे वीडियो अनलॉक टूल के बारे में हो या एस फ्लैश टूल के बारे में हो या सिक्स की ऑफलाइन फ्लैशिंग हो मैं से कई सारे वीडियोज़ आपके लिए ले करके आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वीवो की फ्लैशिंग में अगर आपको कोई एरर आ रहा होगा तो फ्रेंड आप इसे देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अनलॉक टूल के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे आई बटन में जा कर के या हमारे चैनल में जा कर के वॉच कर सकते हो कि आपको यहाँ पे सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे तो ये फ्लैश हो रहा है 58 में कोई वीडियो स्किप नहीं करो, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन रही है तो आप उसको डबल टैप करके स्किप करके आगे जा सकते हो बाकी मैं कोई भी स्किप वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्या पता कोई आर आ जाए लाइव तो यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं हम चल रहे हैं कंटिन्यू तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर भी खोल लेते हैं फ्रेंड और ये देख लेते हैं पोर्ट हमारा बनाए कि नहीं बनाए जब से खाली है तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर ही लेते हैं तो हम पोर्ट में आते हैं पोर्ट में आप देख सकते हैं मीडिया का हमारा पोर्ट बना हुआ है बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे जो एरर्स आते हैं हमारी ऑथ का एरर होता है कनेक्टिविटी का एरर होता है ड्राइवर का एरर होता है बहुत सारी चीज़ों का मसला होता है तो आप हमारे चैनल को वॉच कर सकते हो या तो आपको पर्टिकुलर परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आप हमारा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल वे तरीके से आपको इसी यही सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर से आपको दिया जाएगा अब हमारा ये सिस्टम हो चुका है वेंडर हो चुका है अब हमारा यहाँ पर यूज़र डाटा जा रहा है अगर यहाँ पर कोई भी पैटर्न एफ या कुछ भी होगा वो सारा लॉस हो जाएगा बाकी हम विदाउट डाटा लॉस की फ्लैसिंग कर सकते हैं और यहाँ पे और कई चीज़े सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें क्लास में आपको दिखाई दी जाती है तो ये फ़ोन हमारा ऑन होगा और देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए होता था विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हम विदाउट डाटा लॉस की फ्लैसिंग आपको दिखाएंगे कि कैसे बिना डाटा लॉस किए हुए आप किसी भी फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं तो बस थोड़ा सा देर और सिक्सटी परसेंट हो चुका है बहुत ही कम समय में कोई एरर नहीं आप लाइव भी कर रहे हैं अब जितना आपने वेट किया है तो थोड़ा सा और और वीडियो को लास्ट में तक देखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा और वेट करिएगा तो और आप सारा चीज़ आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिल जाएगा तो बस फाइनली uh, finally... टर्न होने ही वाला है और यहाँ पे हम फ्लैसिंग में आपको दिखा देंगे ज़्यादा लास्ट देर तक नहीं खींचेंगे आपको होम स्क्रीन अगर आ जाता है तो ठीक डेड होता है तो भी ठीक ये हम लास्ट में देखेंगे वो जीरो डाटा ओके सब कुछ ओके हो, हो चुका है तीन मिनट का टाइम इन्होंने लिया है टूल ने अभी देख सकते हैं कोई भी इंटरफेस नहीं हुआ डाटा केवल लगा हुआ है तो मैं ये देखिए अभी आपको कुछ साइन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डाटा केवल को निकाल देता हूँ ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है क्योंकि चार्जिंग का साइन आ जाता है यहाँ पर रिवोट का ऑप्शन है हमारा रिबोटिंग डिवाइस ओक्की पे आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ्लैशिंग पर हो चुका है फ्रेंड अनलॉक टूल बहुत ही बेस्ट है और ये हमारा हो चुका है लोगो वो पे नहीं जाएगा अब ये यूजर डाटा थोड़ा सा टाइम लगा है तो फ्लैश होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा लगेगा तो बेसिकली हमारा डैट नहीं हुआ फ़ोन और ये हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बूट होने में फ्रेंड तो यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्क करूँगा और दिखा दूंगा कि ये आया कि नहीं ये वही फ़ोन है जो कि मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऑन हो जाएगा टाइम लगेगा तो चलिए मैं लास्ट का भी शॉट यहाँ पर दिखा दूँगा तो गाइज ये फाइनली हमारा ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट टाइम देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच ये हमारा फोन कोई भी डैट नहीं हो थैंक यू